so here is my new product पैकेजिंग मस्त है येल्लो कलर का डब्बा है और ओवरऑल ठीक ठाक है मतलब डिसेंट सा पैकिंग है ठीक ही है पैकिंग ओवरऑल कुछ खास नहीं बोल सकते पैकिंग और अंदर में एक ट्रिमर दिया है अभी तक तो वही दिख रहा है पता नहीं चार्जिंग केबल दिया भी या नहीं पता नहीं कुछ अब तो खोलने के बाद ही पता चलेगा और अभी डब्बा खुल गया और एक बैग मिला है और उसमें से एक बैग बैग अच्छा है बैग क्वालिटी भी मस्त है ये आपका ट्रिमर रियल मी का टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और 800 हंड्रेड का बैटरी है इसमें आपको टोटल 10 टाइप्स का लेंथ मिलता है इसमें इस, इस ट्रिमर में और ये आप अकॉर्डिंग टू अपने यूजेज के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं और ये एडजस्टेबल अच्छा है आपको बार बार अलग अलग ब्लेड्स चेंज नहीं करना होगा वन टू थ्री फोर समझ ही सकते हम क्या बोलना चाहते हैं और इस स्टीमर को आप एक बार फुल चार्ज करने के बाद 120 मिनट तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं नॉन स्टॉप बट अभी तक तो हमने ट्राई नहीं किया है कि कितना होता है इसने ये तो कंपनी बोल के रखा है तो वही हम हमको बता रहे बट मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है एक घंटा तो आराम से चल जाएगा नो डाउट ऐसे तो बोल रहा है दो घंटा बट आप पूरा पूरी फिफ्टी मान के चले कि एक घंटा तो मस्त चलेगा तो उसके बाद धीरे धीरे मोटर का स्पीड थोड़ा कमेगा कट अच्छे से नहीं हो सकता है ये डिपेंड करता है कैसा आपका यूजर्स है बाकी ओवरऑल हैंड फील बहुत अच्छा है कम्फर्टेबल है बहुत स्मूथी सा टेक्सचर है और मैट फिनिश के साथ आया है और मैंने उसका ब्लेड रिमूव करने की कोशिश किया था आप देख सकते हैं बट ऐसा कुछ होता नहीं है रिमूव तो आप सब कोशिश ना करें नहीं ही तो वो टूट सकता है आपसे और बाकी ओवरऑल सब कुछ अच्छा है और बात रहा इसका प्राइजिंग प्राइजिंग मेरे हिसाब से ठीक ठाक है मुझे इसको वन पड़ा अप्रोक्स कोशिश कीजिएगा इसको कोई ऑफर में परचेस करने का कर, तो आपको ये सस्ता पड़ेगा